हम गाँव के गँवार लोग हैं रे हमको कुछ समझ में नहीं आता हमारे माथे पर लिखा है।, है, है।, ति चा है हम पागल हैं जो हम इतना टाइम से भूख भूख का जो है लाइव चैनल चेकिंग करते हैं तीन तीन घंटा चार चार घंटे का लाइव चैनल चेकिंग करते हैं हम पागल हैं हम पागल हैं हम हाँ हम तो पागल हैं भाई हम बता रहे हैं ना पागल हैं क्यों नहीं आते हो भाई क्यों नहीं आते हो हमारे लाइव चैनल चेकिंग में क्यों नहीं आते हो आप फालतू लोग जो हैं ना फालतू लोग और फालतू तो यूट्यूबर इस वीडियो को नहीं देखेंगे मैं साफ साफ बता रहा हूँ फालतू तो लोग बेवकूफ़ लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे ठीक है ना एक बार तो आ जाते कम से कम कं? एक बार आ जाते मैं आपको सारा आपके चैनल का कुंडली निकाल कर दे देता कहाँ पर गलती हो रहा है कहाँ पर आपको सुधार करना चाहिए था सब कुछ आपको बता देता लेकिन नहीं हम तो फालतू तो यूट्यूबर हैं ना हम ऐसे ही आ गए हैं यूट्यूब पर लोगों को सिखाने के लिए ऐसे ही आ गए हैं हम गंवार हैं हमारे माथे पश्चिमी लिखे हैं हम पगल ऐसे समझ रहे हो आप लोग गलती है आप लोगों का एक चैनल है चैनल का नाम क्या है इंडियन शायर इंडियन शायर चैनल का नाम है उसका मालिक कौन है मालिक कौन है नितेश कुमार चौहान नीतीश कुमार चौहान जी हैं उनके मालिक उनके चैनल पर क्या हुआ है पांच स्टाइक आए हैं पांच स्टाइक आज से लेकर तीन दिन बाद उसका जो चैनल है वो टर्मिनेट हो जाएगा सदा दिन के लिए और वो चैनल को कोई नहीं ला पाएगा मैं साफ साफ बता रहा हूँ वो चैनल को कोई नहीं ला पाएगा और इस चैनल में क्यों डिलीट हुआ है और क्यों टर्मिनेट होने वाला है ये सब कुछ मैं बताऊंगा और कैसे वापस आ सकता है इसको भी मैं बताऊंगा वीडियो को पूरा देखना बहुत कुछ है इस वीडियो में सीखने को मिलेगा आपको समझ गए हैं ना बहुत कुछ है सीखने को मिलेगा आपको ये टेक के वीडियो है भैया टेक के वीडियो यहाँ पर हवा में बातें नहीं होता है हवा में बातें यहाँ पर नहीं होता है रियल बातें होता है पूरा समझ के परख कर हम बात करते हैं किसी को ऐसे ही नहीं बात करते हैं हवा में इधर बातें होता है यहाँ पर प्रूफ चलता है ये देख देखना हो ये प्रूफ है हाँ प्रूफ को सब आगे वाले वीडियो में हम लगाए हुए हैं ध्यान से देखना उसको फिर इस वीडियो को पूरा समझिएगा कितने सब्सक्राइबर्स थे रहते थे, थे चैनल पर कितने सब्सक्राइबर्स थे 27000 सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर ना कितना व्यू आया था कितना व्यू अराउंड ऑफ यू 90 लाख ,00 के आसपास जो है व्यू आ चुका था आपके चैनल पर समझ बता रहा हूँ आपके चैनल पर 90 लाख ,00 के आसपास जो है व्यू आ चुका था मोस्ट पॉपुलर वीडियो में कितना व्यू आया है नौ नौ लाख के आसपास जो है आपके मोस्ट पॉपुलर वीडियो में व्यू आए हुए हैं क्या गलती क्या हुआ आपसे भाई गलती क्या हुआ आप समझ रहे हो आपको फेक स्ट्राइक मिला है नहीं फेक स्ट्राइक नहीं मिला है रियल स्ट्रैक मिला है आपको रियल स्ट्रैक मिला है कहां से मिला है कैसे मिला है ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कहां से गलती हुआ है आपकी क्यों गलती कर रहे हो ये सब को मैं बताऊंगा इस वीडियो में वीडियो को देखते रहना भैया आपकी ज़िंदगी का सवाल है इससे जो है आपका ज़िंदगी सुधर जाएगा पूरा वीडियो को स्किप मत करना थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो वीडियो को पूरा देखना समझ रहे ना भैया मेरे बात को भाई ने कल हेल्प मांगा था आपसे मेरे से तब मैं जाकर ये वीडियो बना रहा हूँ नहीं तो मैं किसी के प्रति कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूँ समझ बता रहा हूँ मैं किसी के प्रति मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं आज की इस वीडियो का जो है लाइक टारगेट लाइक टारगेट कितना रखता हूँ एक लाइक टारगेट रखता हूँ वो भी मैं करूँगा मेरे को किसी के ऊपर में भरोसा नहीं है समझ गए ना मेरे को किसी के ऊपर में भरोसा नहीं है मैं अपने खुद की वीडियो को एक लाइक कर देता हूँ और एक लाइक टारगेट रखता हूँ मैं समझ रहे हैं मेरे बात को एक लाइक टारगेट रखता हूँ मैं और क्या बोला जाए आपके बारे में यार क्या बोला क्या जाए आपके बारे में भाई इतना बड़ा गलती कर रहे हो यार इतना बड़ा गलती इतना बड़ा गलती भैया इतना बड़ा गलती मैं आज की इस वीडियो में एक लाइक टारगेट रखता हूं, एक लाइक टारगेट रखना हूं ना लेकिन सौ शेयर का लाइक टार सौ शेयर करेंगे आप लोग करेंगे आप लोग किसी की ज़िंदगी बचाना है ना सौ शेयर करेंगे इस वीडियो को समझ रहे हैं ना मेरी बात को क्यों स्ट्राइक आया फेक स्ट्रैक नहीं है रियल स्ट्राइक है कहाँ से स्ट्रैक आया तो उस भाई से पूछना आप कभी लाइव से कॉपी पेस्ट किए हो शायरी कापी की पेश किए हो ना लाइव हिंदुस्तान डॉट कॉम से और बहुत सारे वेबसाइट से आप शायरी कापी किए हो किए हो ना शायरी ऐसे पेन ले कर लिखने से शायरी जो है नहीं बन जाता है भैया शायरी ऐसे ही नहीं बन जाता है अपने दिमाग से शायरी लिखना पड़ता है वो शायरी आपका खुद का कॉन्टेंट होता है आप दूसरे का कॉन्टेंट को कॉपी पेस्ट करोगे आप बच जाओगे ऐसा लगता है आपको ऐसा नहीं होता है यार दिल से दुख होता है किसी के चैनल जो है डिलीट होता है तो दिल से दुख होता है हमारा इधर हम आपको साथ में लेकर चलते हैं किसी के चैनल में ऐसे सुनते हैं दिल से दुख होता है लाइव हिंदुस्तान जो है इतना बड़ा न्यूज़ का चैनल है उनके पास कंटेंट आईडी है भैया उनके जो है कंटेंट को क्यों कापी की हो और बहुत सारे आपके चैनल को मैंने देखा है 9 मिनट मैंने आपके चैनल को रिव्यू किया है मेरे को सारा कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया क्यों आपको वो स्ट्राइक मिला है भाई समझिए उनके पास कंटेंट है है जहां पर उनके कंटेंट से आपके कंटेंट मैच करेंगे ना मैच आपको फट से स्ट्राइक लग जाएगा वो लोग खुद नहीं देते हैं वर्डपेज का वर्डपेज का वेबसाइट को सुने ना वर्डपेज सी है सी एम मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर एक एक से प्लग होते हैं खतरनाक से खतरनाक वेबसाइट बनते हैं भैया खतरनाक से ख़तरनाक सिंपल से सिंपल वेबसाइट यहाँ पर बनते हैं ये wordpress.com है यानी कि wordpress.org है खतरनाक से ख़तरनाक वेबसाइट बनते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के भी एक से एक लग होते हैं आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं क्यों उनके वेबसाइट पर गए भैया लाइव वेबसाइट में क्यों गए थे गए थे ना मेरे को पता है गए थे वहाँ पर वहाँ से कंटेंट कॉपी किए हो आप देख लो ना स्क्रीन पर देख लो सबको शोक हो रहा है कहाँ पर किसका को जो है कॉन्टेंट मेच हो रहा है स्ट्राइक उन्होंने दिया है स्ट्राइक जो है उन्होंने दिया है आप मेरी बात को समझ रहे तो समझ लेना फेक स्ट्राइक नहीं है फालतू तो यूट्यूब पर फेक स्ट्राइक बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है रियल स्ट्राइक है शायरी ही चाहिए था ना तेरे को शायरी ही चाहिए था भाई को क्यों याद नहीं किया भाई भाई को क्यों याद नहीं किया भाई के पास भी वेबसाइट है भाई के पास भी सीएमएस है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है व्हाटपेज का ब्लॉग है भाई के पास सूरज भाई पर आप कभी गए हो जाकर देखना वहाँ पर खुद मेरे मेरे जो है ऑटो जनरेटेड जो है वेबसाइट है वो मैंने खुद वेबसाइट को बनाया है उसको वहाँ पर आपको एक एक से मिल जाएगा भैया एक एक से मिल जाएगी मेरे वेबसाइट पर क्यों नहीं गए अमर उजाला जी के वेबसाइट में क्यों नहीं गए यार वो लोग स्ट्राइक नहीं देते हैं अमर उजाला के वेबसाइट में क्यों नहीं गए हैं आप हमारे वेबसाइट में क्यों नहीं आए हैं आप हाँ बताइए ना हमारे वेबसाइट में क्यों नहीं आए पति पत्नी दर्द भरी साइड गूगल में टाइप करके देखना भैया लाखों लोगों को बीत करके हम अकेले वहाँ पर फर्स्ट नंबर पर रैंक करते हैं ए करना हमको मत सिखाइए वर्डपेस में सबसे बेस्ट प्लग है रैंक माथ है समझ रहे हैं ना रैंक माइट ए सबसे बेस्ट प्लगइन है ए करने के लिए यूट्यूब का ए करने के लिए वी टेक्यू जो है सबसे बेस्ट है वी टेक्यू से सबसे बेस्ट ए सी होता है पेड वाले वर्जन जो है सबसे बेस्ट होता है पी वाले वर्जन में कुछ होता नहीं है इतना बड़ा गलती क्यों करते हुए यार इतना बड़ा गलती बड़े बड़े वेबसाइट जिनके पास कॉन्टेंट आई है वहाँ से कॉपी पेस्ट तक करोगे भैया फट से इस्ट्राइक लगेगा वो लोग खुद आपको स्ट्राइक नहीं देंगे यार अपने आप लग जाता है कंटेंट आई का यही मतलब होता है जहाँ से आपके उसके जो कंटेंट है आपके कंटेंट है मैच हुआ फट से इस्ट्राइक लगा वाइस आपका है लिखावट आपका है लेकिन कॉपी कहाँ से की हो वेबसाइट से की हो और भी आप बड़े बड़े वेबसाइट से कॉपी किए हो नहीं छोड़ेंगे यार वो लोग नहीं छोड़ेंगे आप क्या समझते हो हम किसी भी का कंटेंट को वो चुरा कर वो हम अपने भी YouTube पर डाल देंगे हम पैसा कमा लेंगे ऐसा नहीं होता है यार अभी के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है अपील करो वो अपील का रिजेक्ट हो जाएगा अपील रिजेक्ट हो जाएगा आपका अपील करोगे ना रिजेक्ट हो जाएगा YouTube टीम को ट्वीट करोगे कोई रिप्लाई नहीं देगा रिप्लाई भी देगा डिलीट होगा बस डिलीट होगा ऐसा ही बोलेंगे आपको डिलीट होगा ही होगा पक्का है ये तो कोई मई आल आपके चैनल को नहीं बचा पाएगा कोई माईकल आल आपके चैनल को नहीं बचा पाएगा समझ रहे हैं ना मेरे बात को इतना बड़े वेबसाइट से आप जो है कॉपी पेस्ट करोगे कौन बचा पाएगा मैं भी नहीं बचा पाऊँगा मैं मेरा भी ये चैनल जो है टर्मिनेट हुआ था हैक भी हुआ था मैंने चार दिन में वापस लाए हैं ये चैनल को चार दिन में वापस लाए हैं मात्र चार दिन में कोई भी वापस नहीं ला पाएगा मैंने ला दिखाया ये चैनल को वापस समझ रहे हैं न मे एक बात को कोई वापस नहीं ला पाएगा आपके चैनल को और यहीं पर गलती हुआ है बड़े बड़े वेबसाइट से क्यों कॉपी पेस्ट करते थे भाई हमारे वेबसाइट पर आ जाते सूरज भाई वेबसाइट पर आ जाते हमारे जादा जी के वेबसाइट पर चले जाते यहाँ से कोई भी स्ट्राइक नहीं आता है और जिधर से पाए उधर से आप कॉपी पेस्ट करोगे आप बच जाओगे यूट्यूब से पैसा कमा लोगे सोच आपकी गलत है खुद से जो है शायरी लिखना आता नहीं है चुरा चुरा कर डाल दिए ये सब अभी के टाइम में नहीं चलता है यार आप लोग क्या समझते हो ये सब जो है अभी के टाइम में नहीं चलता है बहुत बड़ा जो है गलती कर दी हैं आपके चैनल को कोई वापस नहीं ला पाएगा भैया मैं सज बता रहा हूँ निराश मत होना दो पाव गटक लेना समझ गए ना दो पाओगे टक लेना चुपचाप सो जाना तीन दिन बाद आपका चैनल जो है डिलीट हो जाएगा मरने मराने का ख्याल मत रखना दिल में मरने मराने का जो है ख्याल मत रखना चुपचाप गटक लेना सो जाना ठीक है नया चैनल बनाना नया चैनल किस टॉपिक में बनाना सट्टा के सट्टा मट्टा वाले चैनल पर जो है आप वीडियो बनाना पंद्रह दिन में ग्रो हो जाएगा सत्ताईस क्या सत्ताईस लाख से कई बार पंद्रह दिन में हो जाते हैं वहाँ पर हमारे पास है यार बहुत सारा जो है यूट्यूब चैनल है आपको ये एकजुतिया जैसे जो है यूट्यूब चैनल को दिखा रहे हैं क्या क्या समझते हो हमारे पास वेबसाइट भी है डेढ़ पेज है मेरे पास शायरी के यार पेज आप एक बार बोलते तो डेढ़ पेज में कितना दो दो तीन तीन हज़ार वर्ड में शायरी आप दो साल भी उस पर वीडियो बनाते ना तो वो भी ख़त्म नहीं हो पाता इतना सारा मेरे पास शायरी है डेमो देख लेना ना भाई सूरज भाई डॉट कॉम से डेमो देख लेना डेमो है वहाँ पर समझ क्या रखे हो यार आप लोग समझ क्या रखे हो हम गांव के गझ गलत है आप लोगों का तो वही काम करना एक नया चैनल बना लेना दूसरा सिम ले लेना ठीक है ना? यही सिम से जो है मत बनाना चैनल फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा नहीं तो यही सिम से मत बनाना दूसरा सिम ले लेना दिल लगाकर मेहनत करना वहाँ पर खुद का कंटेंट लाना दूसरे का कभी कॉपी पेस्ट मत करना दूसरे का सॉन्ग यूज मत करना कभी खुद के वॉइस का यूज करना आप कोई मायका ला आपके चैनल को छू नहीं पाएगा मैं बता रहा हूँ एक स्टेक वो कुछ नहीं होता है यार सब अपनी गलती से होता है इतना बड़ा गलती करोगे बच जाओगे ऐसा लगता है आपको नहीं बच पाओगे भाई सब कुछ पकड़ लेता है भाई YouTube का एलगोरी है Google का एलगोरी दम है बहुत फास्ट है भाई अभी के टाइम में बहुत फास्ट है फट से पकड़ लेते हैं समझ गए है ना तो वही वाला काम करना दो पाव घर तक लेना चुपचाप सो जाना तीसरे दिन बाद जब चैनल डिलीट हो जाए निराश नहीं होना मरने मराने का ख्याल मत लाना अपने दिल पर ठीक है भाई क्या बोले यार बोलते बोलते गला ख़राब हो जाता है तीन तीन घंटे तक लाइव करते हैं कोई नहीं आता हमारे लाइव पर यही सब चीज़ वहाँ पर बताते हैं भाई हम, हम। सी जो होता है उसके पास कॉन्टेंट आई होता है जो जो लोग के पास कॉन्टेंट आई होते हैं वहाँ पर जो है आप कॉपी पेस्टा करोगे फर्स्ट स्टाइट लगेगा आपको चैनल डिलीट हो जाएगा आप जाइए ना किसके पास जाना है जाइए भाई जाइए किसके पास जाना है वो टेक्निकल इसराइल सर जी के पास जाइए टेक्निकल योगी सर जी के पास जाइए वी में क्रिएटर सर जी के पास जाइए डब्ल्यू एस क्यू ट्यूब क्यू ट्यूब सर जी के पास जाइए माई स्मार्ट सपोर्ट सर जी के पास जाइए और कौन बचाया है हाँ इतनी तो हैं अच्छे यूट्यूबर्स बाकी तो सब फालतू तो हैं जाइए ना इसके बाद कोई आपके चैनल को वापस नहीं ला पाएगा हम लिख कर देते हैं ये बात इतना बड़ा गलती करोगे तो कोई वापस लाकर नहीं दे पाएगा आपके चैनल को और वापस आ गया ना मैं हार मान जाऊंगा उन लोगों के ऐसा समझूंगा कि दुनिया में इनसे बड़ा यूट्यूबर कोई नहीं मान जाऊँगा सच में शेयर करना भैया ये वीडियो को शेयर करना शेयर का जरूरत है ये वीडियो में आप शेयर नहीं करोगे तो वो भाई के पास नहीं जाएगा जिनका चैनल डिलीट हो रहा है समझ रहे हैं ना मिलूंगा अगले वीडियो में अभी भी बचने का एक उपाय है एक उपाय है लेकिन कितना परसेंट चांस है सौ में से जीरो पॉइंट चांस है आपके चैनल को वापस लाने के लिए क्या है वो तरीका उनसे जो है कांटेक्ट कीजिए आप जिस जहाँ से आप कंटेंट कॉपी किए हो उनको कांटेक्ट कीजिए मेल कीजिए उनको ट्वीट कीजिए भाई हमसे गलती हो गए उनके पास जो है किड़गिराइए सुन लेगा तो कॉपी रेटिश टैग जो है वापस ले लेगा आपका चैनल बच जाएगा समझ रहे हैं ना वापस आ जाएगा आपका चैनल उनको जो है कॉन्टेक्ट कीजिए आप तब जाके वापस आएगा नहीं तो हो गई भैया आपका काम हो गया बाय बाय छोड़ना मत YouTube को एक और चैनल बनाना आप अपना खुद का कॉन्टेंट रखे ओके भाई सुन रहे हैं ना किनको बोल रहा हूँ मैं नितेश चौहान नितेश चौहान क्या था उनका चैनल का नाम इंडियन शैर इंडियन शहर उनका चैनल का नाम था किन के पास जाना है जाओ यार अब आपके चैनल को कोई वापस नहीं ला पाएगा मैं भी ला नहीं पाऊँगा भाई मनोज दे के पास जाइए कोई किसके भी पास जाइए कोई वापस लाकर नहीं पाए हुए ला पाएगा सौ में से जीरो पॉइंट नौ परसेंट चांस है आपके चैनल को वापस लाने के वो मात्र एक ही तरीका है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए जिनके आपने कॉपी पेस्ट की है वाले स्टैक वाले सेक्शन में आपका उनका जो है कांटेक्ट ई दिखेगा कॉन्टैक्ट ई दिखेगा वहाँ पर मेल कीजिए उनको जो है संपर्क की कीजिए उनको ट्वीट कीजिए वो स्टेक वापस लेते हैं तब आपका चैनल जो है बच जाएगा कोई नहीं बचा पाएगा फेक स्टेक नहीं है रियल स्टेक है कंटेंट आईडी का जो है कॉपी पेस्ट करोगे तो नहीं बचोगे यार समझ रहे हैं ना कंटेंट आईडी का जो है कॉपी पेस्ट करोगे तो नहीं बचोगे सभी लोग सुन लो ये बात को <laughs> साला एक से एक से आदमी पड़े हुए हैं कुछ आता आता नहीं है YouTube चलाने लगे बच जाएंगे YouTube से ऐसा समझते हैं हंसी आता है आप पर और तो भी लगता है इधर कि आपको पहले किसी ने क्यों नहीं बताया अपना मनमानी करते गए भाई यही गलती हुआ कम से कम आ जाते यार एक बार लाइव चैनल चेकिंग के लिए आ जाते हैं सूरज भाई डॉट कॉम में चले जाते हमारे चैनल पर आ जाते हमारो उजाला से कॉपी पेस्ट कर लेते कोई दिक्कत नहीं होता बहुत बड़ी जो है गलती कर दी है आपने कोई नहीं बचा पाएगा आपको डिलीट होगा हो ही होगा कुछ भी कर लीजिए ट्वीट कीजिए डीएम कीजिए यूट्यूब टीम को कोई फ़ायदा नहीं होगा अपील कीजिए कोई फायदा नहीं होगा डिलीट हो होगा ही होगा पक्का वाला बात है कोई मई आपके चैनल को वापस नहीं ला पाएगा सच बता रहा हूँ मैं